दोस्तों आज हमारे गांव का व्यू व्यू दिखाएंगे और और आ, हमारे इंस्टाग्राम टॉप करैक्टर्स के चैनल के अंदर आपका स्वागत है और आज हमारे गांव के अंदर बारिश का मौसम बना बना हुआ है तो so, प्लीज़ आज बने रहिए वीडियो के साथ और ये देखो मौसम बहुत ख़राब हुआ है और ये हमारे गाँव की बड़ी बड़ी गलिया साहब जी ये देखो और हमारे चुगल चौक और ये मौसम बहुत खराब हो चुका है और ये माई फादर्स ये देखो ये माई फादर एंडर और हमारे गांव हैं जो पे ये हमारे गांव के के तो ऊपर ये हमारे गांव का अच्छा है देख लीजिए ये हमारे गांव की सड़कें तो हैं जहाँ आपको गली गली में जाके आपको दिखाएंगे क्या कुछ आते हैं हमारे घर के अंदर और गाँव के अंदर ये वीडियो है क्योंकि हम पावर जा रहे हैं तो वीडियो हिल रही है तो प्लीज आप तो इसमें कोई चिंता करने वाई कोई बात नहीं है हम अच्छे अच्छी वीडियो बना के लेके आएंगे आपके लिए और ये तो एक रिव्यू है छोटा सा जैसे कि जैसे कि हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं और गांव के देखो के देख लीजिए हमारे घर के पास और गलिया और एंड ये हम आपको हमारे गुरुद्वारा साहिब आपको दिखाएंगे यहाँ पे पास में डिग्गी है पानी की और ये देख लीजिए वो देख लीजिए हमारे गुरुद्वारा साहिब एंड अभी तो बन रहा है तो मतलब प्यार हो रहा है ये हमारे जो बाहर की साइड है जहां पे हम हमारे सड़क के पास ही घर पड़ जाते हैं हमारा सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ आगे ये आपको दिखाने से सकते क्योंकि हम फिर दिल जा रहे हैं और हमें सोनी दिमाग में नहीं आया भी हमारे यहाँ पे पानी पिया जाता है पशुओं को वहाँ सामने डिग्गी बनी हुई है ये हमारे गाँव के खुली खुली सड़कें और ये हमारा मेन मेन गेट है जो गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाने के लिए ये देख लीजिए और हमारे YouTube तो, के अंदर इंस्टाग्राम टॉप करेक्टर्स के अंदर आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और लाइक जरूर करना शेयर भी जरूर करना ये हमारे पीली गंगा है पीली गंगा की शर्के पर घूम रहे हैं आपको और भी ये अच्छे अच्छे दिखाएंगे सब क्या है क्या हमारे पेपर चल रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा इधर बिजी हो रखे हैं तो इसलिए आपको छोटी छोटी वीडियो दे रहे हैं एक बार अब हो बाप अब लड़का काम करता और ये बना रहे हैं कपड़े और ये आज प्रेस खराब हो चुकी है इनकी सो ये ठीक नहीं नहीं। है में बिजी और रखे हैं देख लीजिए मशीनरी है चाहे कपड़े बनाते हैं ये छोटी सी लाइव है जो काम सीख रही है अभी आप वीडियो हमारी लाइक करें और थैंक यू आपका जो आप हमें वाचिंग टाइम दे रहे हैं और आप हमारी वीडियो चेक करते रहते हैं टाइम पे हम तो डेली से डेली आपको वीडियो जरूर देंगे यह आपको रिव्यू दिया वीडियो का ये लास्ट में के अंदर ये मौसम हमारे चित्र का ख़राब हो रखा है इसलिए वो आपको सिंपल रिव्यू दिया है आपको थैंक यू और आगे की आ, वीडियो डेली की डेली हम अपडेट करते रहेंगे इसको so, प्लीज़ अब हमें अनुमति दें थैंक यू बाय टाटा